मैंने अपनी एयर होस्टेस की जॉब छोड़ी जो कि मेरा ड्रीम जॉब था उसके पीछे बहुत पापड़ बेले थे देहरादून की रहने वाली मुग्दा खत्री चंद्रवनी में सूजी मेमोरियल एनिमल रिलीफ होम बाय हीलिंग साथी नाम का एक रेस्क्यू शेल्टर चलाती है मेरी मदर ने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख के जो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आए थे उसी से हमारा रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट करा था इस सब की शुरुआत के लिए उन्हें मिलने वाले मोटिवेशन की कहानी सुनकर कोई भी भावुक हो उठेगा तीन साल पहले मेरी एक पेट डॉग हुआ करती थी जिसका नाम था सूजी सूजी एक देसी डॉग थी उसको मैंने अडॉप्ट करा था सूजी की हमने स्पेस सर्जरी करवाई थी एक वेट से ये जो स्टिचेस थे वो ओपन हो गए हम लोग जल्दी से उसको उसी वेट के पास वापिस लेके गए उसको उन्होंने बोला की ये सब नॉर्मल है कोई बात नहीं उन्होंने फिर से उसको स्टिचेज लगा दिए पाँच बार उन्होंने सूजी की सर्जरी करी उसको फिर से स्टिचेज लगाए तब तक सूजी की बॉडी बिल्कुल गिव अप हो चुके है, जो उसको दी इस कदर बदलाव लाया की दो हजार बीस में उन्होंने अपनी एयर हॉस्टेस की ड्रीम जॉब छोड़कर बेसहारा जानवरों को क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए शेल्टर खोलने का ठान लिया मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी पैसे नहीं थे मैं सारी की सारी सेविंग्स कोविड के दौरान फीडिंग करते हुए रेस्क्यू में लगा चुकी थी मेरी मदर ने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख के जो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आए थे उसी से हमारा रेस्क्यू सेंटर स्टार्ट करा था बीमार और जख्मी जानवरों को रेस्क्यू करने के साथ साथ हेल्दी जानवरों को रात को होने वाले एक्सीडेंट से बचाने के लिए मुग्धा ने घर पर ही रिफ्लेक्टिव कॉल्स बनाना भी शुरू किया हमारे एरिया के आसपास जितने भी डॉग्स और घूमते थे हम लोगों ने उनको रिफ्लेक्टिव कॉल पहनाना जानवरों की मदद करते करते कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे मुग्ध आज जूझ रही है हमारे शेल्टर होम की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 40 डॉग्स को रखने की है और इस वक्त हम ऑलरेडी ओवर द कैपेसिटी चले गए हैं दूसरी जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है मैन की अगर हमें लोग सहयोग करें लोग हमें हेल्प करें और हमारे शेल्टर होम में आके तो हमारी ये फिजियोथेरेपी तो से ठीक तो फिजियो कर लूंगी तो इतनी मुसीबतों के बावजूद ने गोली को कर लिया तो हाँ मुग्धा एयर होस्टेस तो नहीं बन सकी पर ट्रेनिंग के दौरान मिली वो अभी भी उसके अंदर जिंदा है कि मुसीबत के घड़ी में ना सिर्फ आपने अपना बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखना है